चैलेंज आप इसका उत्तर नहीं बता पाएंगे 99 प्रतिशत लोगों ने इसका उत्तर गलत दिया है आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी बयालीस या ऑप्शन डी बत्तीस आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए